स्वागत है आपका अपने चैनल अमेटा एजुकेशन पर आज हम जानेंगे कि टैफ 2022 किस प्रकार भरना है नियंत्रण अधिकारी का चयन और नाम कहाँ हमें दर्ज करने हैं क्या है इस बार के नए टैफ फॉर्मेट में सारी ही जानकारियाँ इस वीडियो में आइए चलते हैं शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पर और किस प्रकार बढ़ना है टैफ उसको जानते हैं यहाँ मैं सीधा ही लॉगिन करके अपने स्टाफ विंडो पर आ गया हूँ आशा है आप सभी लॉगिन की प्रक्रिया से वाकिफ़ होंगे और यदि लॉग में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ आती है प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाया जा सके जब हम स्टाफ विंडो के मेन डैशबोर्ड पर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई। अप्लाई पे हमें क्लिक करना है एप्लाई के अंदर टेफ़ दो पार्ट वन के नाम से टेफ फॉर्म अवेलेबल है इस पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी सारी डिटेल के साथ एक फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा जिसको हम वेरीफाई करेंगे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 22 से जून 2022। आपका नाम विद्यालय का नाम कार्मिक एन आई एम्प्लॉय आई मोबाइल नंबर पोस्ट और सब्जेक्ट सारे ही प्रदर्शित हो रहे हैं उसके बाद नीचे दो विकल्प दिए गए हैं छः माह के जनवरी 2022 से जून 2022 और जुलाई 22 से दिसंबर 2022 हमें जनवरी 2022 से जून 2022 को भरना है इसमें हम भाग एक पर क्लिक करेंगे क्योंकि भाग एक ही हमारे सामने खुला हुआ है ऊपर ही ऊपर आपके द्वारा पढ़ाई जाने वाली वर्तमान सत्र की कक्षाएं प्रदर्शित होगी नीचे विगत छह माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति का कॉलम दिया गया है आपकी उपस्थिति कितनी रही है उसको प्रतिशत में अंकन करना है दिए गए विकल्प में से यदि आप किसी अन्य विभाग में प्रतिनिधित्व पर रहे हैं तो यहाँ पर हाँ या ना भरना है और हाँ भरने पर हाँ भरने पर जो भी सूचना मांगी जाए उसको हमें भरना है उसके बाद बिंदु संख्या एक पॉइंट तीन कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे देगा मापदंड के अनुसार एक से पाँच तक स्वयं रेटिंग दे हमने जो भी कार्य किए हैं वो उपलब्ध सूची से देखते हुए उनको अपने ही कामों को रेटिंग देनी है एक होगा औसत से कम दो होगा औसत तीन होगा अच्छा चार होगा बहुत अच्छा और हो, पाँच होगा उत्कृष्ट और आपके द्वारा दिए गए रेटिंग के आधार पर नियंत्रण अधिकारी आपके कार्यों का विश्लेषण और अंकन करेगा पहला दिया गया छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं उन रणनीतियों की पहचान इस प्रकार से आपको अपना स्वयं मूल्यांकन करते हुए इसमें रेटिंग देनी है फिर आ रहा है पेशेवर ज्ञान और समझ इन बिंदुओं को भी अपने अपने हिसाब से अपना स्वयं मूल्यांकन करते हुए रेटिंग देनी है व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता इस प्रकार इन सभी बिंदुओं को भरते हुए हम जब नीचे आएंगे तो सारे अंकों का योग नीचे योग में प्रदर्शित होगा उसके अनुरूप स्वतः ग्रेड आपकी चयनित हो जाएगी ए बी सी डी ई में से अब इसमें आपको नियंत्रण अधिकारी ही आगे ग्रेड देगा एक पॉइंट पांच दिया गया संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में एक लघु हस्ताक्षर करेंगे नियंत्रण अधिकारी का कार्य कैसा है उत्कृष्ट या कैसा है नियंत्रण अधिकारी का नाम जो भी आपके नियंत्रण अधिकारी होते हैं उनका नाम प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल पीओ है तो पीओ और एचएम है तो हम एचएम का भरेंगे और उनका मोबाइल नंबर और सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे जब सेव बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम भाग दो में प्रवेश करेंगे क्योंकि मैंने पूर्व में सेव किया हुआ है यहाँ पर बिंदु संख्या एक प्वाइंट छः और एक प्इंट सात दिया गया है एक पॉइंट छः देख लेते हैं पहले एक पॉइंट छः में शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों किन्हीं तीन बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वृद्धता दें पढ़ने पढ़ाने के क्रम में हमारे सामने जो चुनौतियाँ आती है उनको एक से घटते बढ़ते क्रम में हमें वरिता देनी है जो सबसे बड़ी चुनौती उसको एक उससे छोटी है उसको दो और उससे छोटी है उसको तीन और उससे भी ज़्यादा हम वरिता देना चाहें हम दे सकते हैं लेकिन कम से कम तीन चुनौतियों को हमें वरीता देनी है इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से चुनौतियों को वरिता दी है आप भी अपने अनुसार वरिता दे दिया गया शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है तीन आवश्यकता आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीता दें इसकी आवश्यकता हमें सबसे ज्यादा है हमें घटते सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को एक सबसे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को दो और उससे कम प्रशिक्षण को तीन इस प्रकार हमें और यदि हम उनको वापस पुनः भरना चाहते हैं तो हम यहाँ से रिसटॉल करके भी इन सारी चीज़ों को भर सकते हैं जैसे मैं आपके सामने प्रशिक्षण की आवश्यकता के क्रम को निर्धारित करते हुए हमें नीचे आ जाना है और यहाँ से शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार यदि हमने कोई किया है योगदान तो विद्यालय में उपयुक्त दिए गए सभी शैक्षिक गतिविधियों में भौतिक में जो भी हमारा योगदान रहा है कोविड नाइन्टीन प्रबंधन को लेकर हमें उनको क्लिक करते हुए नीचे एक सबमिट बटन दिया गया उस पर क्लिक करना है और सबमिट करना है डाटा सेफ्ट अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज आ जाता है उसके बाद हम पुनः ऊपर जाएंगे पुनः हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे और टेफ 2022 पार्ट वन पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा वही पेज खुल के आएगा यहाँ से हम भाग तीन सेलेक्ट करेंगे और भाग तीन को बनेंगे यहाँ पर प्रशिक्षण का कलम है प्रशिक्षण हमने लिया है एफएलएन प्रशिक्षण जो हुआ था इसकी तिथि हम यहाँ से डालेंगे अवधि डालेंगे भूमिका उसमें क्या रही है शिक्षक की रही है तो हम एक डालेंगे प्रधानाध्यापक की रही है तो हम दो बनेंगे प्रशिक्षक की रही है तो तीन और सामग्री निर्माणकर्ता की चार संख्या डालेंगे और समग्र शिक्षा के द्वारा दिया गया है ये प्रशिक्षण तो हम दो भरेंगे और इसको हम ग्रेड देना चाहेंगे वो ग्रेड हम देकर के सेव बटन पर क्लिक कर लेंगे इस प्रकार से ये प्रविष्टि सेव हो गई है फिर नीचे आता कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं हाँ या नहीं जो भी हमें करना है वो करेंगे कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन है तो नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपने राय एक से पाँच तक रेटिंग करें विभाग जो भी कार्य कर रहा है किस प्रकार से है हमें उसको रेटिंग देनी है पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम क्या है तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से रेटिंग देते हुए चलेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार से हो हैं एम राशन वितरण की व्यवस्था किस प्रकार है सी कार्यशैली ओ यूसीओ की कार्यशैली क्या है ये सब हम यहाँ पूर्ति करते हुए नीचे चलेंगे और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है उसके बाद हमारे यहाँ एक ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है जिसको हम फिर से स्पार्ट को खोल कर फाइनल लॉक करेंगे भाग तीन में जाकर के लॉक करने से पहले वो एक बार आपसे पूछेगा कि क्या कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप उसको कैंसिल करके वापस जाएं और लॉक हो जाने के बाद उसमें कोई किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा हाँ लॉक करें जब लॉक कर देंगे तो हम पुनः उसी विंडो पर आ जाएंगे और इस प्रकार आपका प्रपत्र शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक हो जाएगा ये था टैफ भरने का पूरा प्रोसेस जो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना आगे भी इस प्रकार के शिक्षा विभाग के वीडियो देखने के लिए नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन किस प्रकार से हम काम करेंगे इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें आसिबा बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे सक पहले धन्यवाद